बरात चल रही थी हमारे समाज की उस बरात को वहां के दमंग लोगों ने रोकने का प्रयास किया जब उस बरात को रोकने का प्रयास किया तो यह सूचना हमारे गांव बस्ती में पता चली आस पड़ोस के गांवों में पता चली जैसे ही यह सूचना तमाम जगह फैली तो तमाम जगह के लोग एकत्र हुए और जो दमंग जातिवादी आतंकी थे उनको सबक सिखाने का काम किया उनको घरों में घुसा घुसा कर मारा था ये क्या जानते हैं अरे तुम हमारे दो चार लोगों को मारेंगे हम तुम्हारा साफ ही कर देंगे ये आतंकी पना छोड़ दो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के रास्ते पा सकते तो आने का प्रयास करो आप लोग अन्यथा था क्रांति से हम लोग ना कभी पहले पीछे थे ना हैं और ना रहेंगे हम बदला लेना भी जानते हैं और आप जैसे जालिम लोगों को आप जैसे जातिवादी लोगों को आप जैसे जातिवादी आतंकियों को सबक सिखाना भी जानते जय भीम साथियों में अतुल खोड़ेवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल साथियों उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है कहीं हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है कहीं रेप किया जाता है तो कहीं हमारे भाइयों के कत्ल किए जा रहे हैं संपूर्ण भारत के अंदर अनेकों राज्य से खबर आया करती थी कि बरात निकालने पर बारात को पीटा गया मारा गया और बारात को वापसी भेज दिया गया लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है साथियों कानपुर देहात में अपना बाहुल्य क्षेत्र है समाज के लोग बाहुल्य गांव बस्तियों में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर देहात में हमारे समाज की एक बारत निकल रही थी उस बारात का कसूर इतना था कि वो बरात उच्च जाति जिसको ठाकुर जाति के नाम से जाना जाता है उनके घरों के सामने से बरात गुजर रही थी ये उन ठाकुर लोगों को रास नहीं आया वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक नीची जाति का व्यक्ति एक शूद्र अछूत व्यक्ति कैसे घोड़ी पर बैठकर रथ पर बैठकर हमारे सामने गुजर रहा है हजारों वर्षों की मानसिकता का जो इन्होंने परिचय दिया है ये लोग हजारों वर्षों से हमारे लोगों को गुलाम और बदवा मजदूर बनाए रखे हुए थे ये आज भी यही चाहते हैं कि हमारे लोग गुलाम और बदवा मजदूर बने रहे इनके सामने घोड़ी पर रथ पर साइकिल पर मोटरसाइकिल पर गाड़ियों में हमारे लोग ना चले यह इनका प्रयास है साथियों कानपुर देहात में हमारे समाज के व्यक्ति की बरात निकल रही थी उस बरात को रोककर जाति सूचक शब्द कहे गए गालियां पकी गई बहन बेटियों के साथ अवध व्यवहार किया गया किस प्रकार से बरात पंडाल में पहुंची तो पंडाल में पहुंचने पर भी जालिम जातिवादी आतंकियों का आतंक देखिए आप जातिवादी आतंकी पंडाल में पहुंच जाते हैं पंडाल में पहुंचकर वहां पर लाठी डंडों से तलवारों से असलों के साथ हमारे समाज के नियत्ते लोगों पर वार करते हैं अरे कोई अपना बिहार रचा रहा है किसी व्यक्ति की शादी हो रही है वहां तुम उससे अचानक लड़ने जा रहे हो लाठी डंडों से लैस जा रहे हो कट्टे तलवार चाकू साथ ले जा रहे हो निहत्ते लोगों पर तुम हथियार से वार करते हो ऐसे समय में आपने वार किया जहां वो अपनी शादी को रचा रहे थे सब लोग शादी की खुशियां मना रहे थे उस समय आपने वहां पर वार किया अरे आतंकी जातिवादी आतंकी तुम जातिवादी आतंकी हो कान खोल कर सुन लोगा आज हम आपको आपकी असलियत बताते हैं आपने भीमा कोरे गांव का इतिहास सुना होगा मा गांव के अंदर हमारे लोगों ने नरसंहार किया था और आप दोबारा चाहते हैं नरसंहार हो तो आपने तो हमारी बरात को पीटा है हम तुम्हारी कोमो के लोगों को लिकाड़ लिकाड़ कर मारे जबकि भारत के अंदर संविधान हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है लोकतंत्र चल रहा है संविधान का राज चल रहा है कानून का राज चल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं लोकतंत्र का राज नहीं जंगल राज कायम है इस बीजेपी सरकार में हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है उन पर नियतवों पर हमला किया जा रहा है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, का काम हमारे समाज के लोग कर नहीं पा रहे हैं तो क्योंकि हमारे समाज में एकजुटता नहीं है अब मैं जरा कानपुर के जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज पर लाठी डंडों से हथियारों से हमला किया है जरा मैं उनको बता देना चाहता हूं कान खोल के सुन लीजिए आप हमारे बाप दादाओं रथ घोड़ों पर चलते थे और आपकी वो औकात नहीं थी कि आप उनके सामने सर भी उठा सकते हो साथियों एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूं एक बार की बात है एक गांव के अंदर एक बारत चल रही थी हमारे समाज की उस बारात को वहां के दमंग लोगों ने रोकने का प्रयास किया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 और आप जैसे जालिम लोगों को आप जैसे जातिवादी लोगों को आप जैसे जातिवादी आतंकियों को सबक सिखाना भी जानते हैं तुमने क्या हमारे लोगों पर लाठी डंडों से वार किया है अरे वक्त आन दो हम तुम्हें घरों से निकालकर बताएंगे क्या हमला होता है हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए भीमा कोरेगा देख लीजिए तमाम हमारे समाज के लोगों के इतिहास से हमारे समाज में योद्धा वीर योद्धा महापुरुष पैदा हुए हैं आज आप हजारों वर्षों की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं तुच्छ सोच आपकी टुच्ची सोच है अपनी सोच को बदलने का प्रयास करो अन्यथा बदलवाना हमारा बहुजन समाज आपको जानता है अभी हम मालकाट पर नहीं आए हैं जिस दिन हम मालकाट पर आ गए तो आपका बच्चा भी नहीं बचेगा इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी के रास्ते पर आने का प्रयास करो भाईचारा बनाने का प्रयास करो समता समानता पर आधारित तो संविधान तो हमारे बताते हैं समता समानता करुणा मेत्री भाईचारे पर चलो एक प्यार भर पड़ेगा मोहब्बत बढ़ेगी एक दूसरे की जातियों में समाज में लेकिन तुम जैसे जालिम लोगों से वजह से हमारे समाज हमारा देश दिन पर दिन तरक्की करने से रुक रहा है रामनाथ कोविंद का क्षेत्र कहा जाता है रामनाथ कोविंद जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका कानपुर ध्यात में निवास स्थान भी है उनका घर भी है उस क्षेत्र की घटना है जहां हमारे समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है मारा जाता है काटा जाता है बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रपति जी का घिर नगर क्षेत्र हो उस क्षेत्र में यह घटना घटे तो शासन प्रशासन सरकार को डूब मरना चाहिए ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं ऐसे जालिम लोगों का विरोध करो और कुर्बानी देने से पीछे मत हटो सदा कुर्बानी बकरों और मुर्गों की दी जाती है शेर की कुर्बानी नहीं दी जाती शेर बनो बबर शेर बनो मुकाबला करो इन लोगों का इन्हें ये आपको मारते हैं पीटते हैं तो आप भी पीछे मत हटो क्योंकि जब तक आप पीछे हटोगे ये लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे ऐसी जालिम लोगों को ऐसी जालिम मानसिकता के लोगों को खुले आम चेतावनी हमारी और हमारे समाज की ओर से जो आप बाज नहीं आए तो आपको बक्सा नहीं जाएगा जो आप प्रतिक्रिया करेंगे तो उसकी चार गुना ज्यादा हमारा समाज और हम लोग प्रतिक्रिया देना जानते हैं बहुत चारों तरफा से इस प्रकार की घटना सामने आ रही है दिल का जाता है हमारा यह सुनकर कि आज हमारे समाज की व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया उनकी बरात को पीटा गया रोज हमारी बहनों के साथ बदतमीजी हो रही है रोज हमारे भाइयों को टारगेट किया जा रहा है जबकि यह उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी की सरकार दलितों पर दिन प्रतिदिन उत्पीड़न करा रही है कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो जब कहीं कोई सुनवाई ना हो तो अपना डंडा और अपना झंडा मजबूत रखो एक एकजुटता में रहो एक जुट करते हुए भारत को मजबूत करो अपने समाज को मजबूत करो और ऐसे जालिम लोगों को सबक सिखाने का काम करो जय भीम